उन्नीस सौ हो हमारा देश आजाद हो लाल किले से उनका झंडा हटाकर अपना तिरंगा लगा देने से क्या गुलामी वाकई दूर हो गई सच तो यह है कि आज भी हमारे देश के लोग गरीबी के गुलाम बीमारी के गुलाम डर है बढ़ती, बे, बढ़ती बेरोजगारी का भविष्य का और महंगाई से पैदा होने वाले तनाव का राज करने वाले आज भी उसी तरह राज कर रहे हैं कोई पूंजीपति है तो कोई नेता है तो कोई ये कहानी भी राज करने वाले एक ऐसे ही राजा की है ऐसे जालिम राजा की जो आज तक इस धरती पर पैदा नहीं हुआ वाली है? है जो तुझे मेरे निशान का आशीर्वाद मिल गया आओ यहां पर पड़ी हर चीट पर ऐसा ही निशान है सिर्फ एक चीट छोड़कर जिस पर मेरा यह निशान नहीं है उस पर मेरा आशीर्वाद नहीं है और जिस पर मेरा आशीर्वाद नहीं है वहां मौत है ये इसे माथे पर लगा ले जा भाग्य चौथा बच्चे ने इस तरह मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी है इसने मेरा दिल जीत लिया है मैंने तुम्हें माफ कर दिया अब हंसो जोर से हंसो चो हमारा दिल जीत लिया है ये देखो मैंने तुम्हें राजा का हार पहना दिया और हाँ, अब मैं तुम्हें राजा की कहानी सुनाऊंगा कहानी हाँ एक सच्ची कहानी <laughs> लो सेब खाओ सेब खाओ सुनाओ कहानी एक था राजा सारी रियासत में उसी का राज था उसी का झंडा लहराता था वो देखो झंडा हिंदुस्तान आजाद हो गया और तभी एक पागल ने मेरा सुंदर सा झंडा हटाकर उसकी जगह तीन रंग का तिरंगा झंडा लगा दिया अरे हमारा झंडा तो अंग्रेजों ने भी नहीं हटाया था फिर एक हिंदुस्तानी कैसे हटा सकता है आ? राजा को गुस्सा आया उसने तलवार उठाई और तिरंगे झंडे वाले का सर काट दिया था राजा और राजा तो कुछ भी कर सकता है कर सकता है ना? न हाँ, कर सकता है आ, हा, हा, हा, हा। बड़े समझदार बच्चे हो लो मिठाई खाओ मिठाई खाओ फिर क्या हुआ फिर फिर तिरंगे झंडे वाले की पुलिस आ गई उन्होंने गांव हुआ समझदार हो बहुत समझदार हो लेकिन तुम्हारी उम्र का एक बच्चा बोल पड़ा कि तिरंगे झंडे वाले का खून राजा ने किया है उन्होंने राजा को गिरफ्तार कर लिया राजा की रानी ये देखते ही मर गई। उस छोटे से बच्चे की हिम्मत ने सब कुछ मिटा दिया खत्म कर दिया तभी राजा ने सोचा कि जब तक इस देश के बच्चे हिम्मत वाले होते रहेंगे तब तक राजाओं का राज नहीं चल सकता और उसी दिन मैंने फैसला किया राजनगर के लोगों के दिल में इतना डर और इतना खूब भतू कि हिम्मत के लिए उनके दिल में जगे देता हूं जब तक मैं जिंदा हूं किसी बच्चे की बलि नहीं दी जाएगी कहीं भी खौफ के बाल नहीं मनराएंगे सारे देश की तरह कल ये गांव भी नाचेगा गाएगा खुशियां मनाएगा कल यहां भी आपका तिरंगा लहराएगा कल के लिए एक बड़ा तिरंगा बनाया जाए क्योंकि कल एक बच्चे की नहीं <laughs> आदमी की बलि दी जाएगी आदमी की और फिर बड़े मुर्दे के लिए कफन भी तो बड़ा ही होना चाहिए ना अच्छा तो ये झंडा तूने लगाया है लगा रहा तो तुमको चाहिए था लेकिन अच्छे काम करना हर किसी की तकदीर में नहीं होता आपका दवा खा देखेंगे हम गिरफ्तार देंगे तुम्हारा की बात आएगी आगे बार आएगी ये नाम के तुम्हारी तो में अंधेरे भी आदत है तुमको, करने की परी है। तो राजा महाराजा बुलावी की नाम कहीं पर देखना होगा तो होगा मैंने सबसे खूबसूरत चीज बनाई थी देखा तो सब कीड़े बन गए कीड़े कीड़े रहते रहो मरो, आए और खत्म, मारे मालूम नहीं कलम क्रांति लाना चाहती थी कलम के दोस्त सारे वर्तमान को खत्म करना चाहती थी कौन किया उसकी बात सारे मुर्गे जिंदा लाके किसे मैं घर गया करके जा रहा हूँ सुकून है क्योंकि तो ध्यान में रखना तुम्हारी खामोशी कर तुम्हारे बच्चों के लिए रोना बन जाएगी ये कानून वाले वर्षी वाले नेता इन्होंने अपना ईमान तो दे दिया एक दूसरे को चलाते वाले तुम्हारा ईमान कहा जाता हमारा पड़ोस नहीं आने वाले घर में शायद अपने आप को नक्के बन के खेल पाएगा उनके घर में जो रोटी बनते हैं ना उसका आता भी आता है अपने बना सकते हैं इस बार हमारे तो सपना देख सकते हैं क्योंकि हमदर्दी है है। को नहीं है मुसलमान मैं श्री मैं खाना मैं जीता वो शादी को तोड़ी भी तोड़ सकता है लेकिन आदि के बारे को तोड़ना मुश्किल है मैंने बचपन को तो पाया था खून में किसने में मैं क्यों तो समझा रहा हूँ तुमको क्यों समझा रहा हूं मेरे में मनाओ कंती राह पर कुत्ते की बात मरने जा तो रहा है इसका कोई और मिलेगा हमें क्या हम इसी तरह जीते रहेंगे है ना जो हमारा चाहिए वैसे जियो मैं इस तरह की जिंदगी जीना नहीं चाहता चा। खिलाफ जो सरकार को सबूत मिले हैं उसे सहमत होता है कि प्रताप ने उनको मारकर देश का उद्धार किया है इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी यह उसे